सूरज कहीं भी जाए, तुम पर ना धूप आए तुम पर ना धूप आए को पकारने सुनो के सारी आ जाओ मैं बना दू फलकों का